भारतीय भारतीय भारतीय जनता जनता जनता पार्टी पार्टी पार्टी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद आज किस कार्यक्रम के बारे में बताइए आज भारतीय जनता पार्टी दिवस के रूप में मनाया है उन्नीस सौ अस्सी छः अप्रैल उन्नीस सौ में बंबई में आज ही के दिन न्यू रखा गया था भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में सरकार है केंद्र में सरकार है अब करीब करीब बहुत से प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी हाँ आज हम दिल और मन से बधाई देना चाहता हूं मोदी जी योगी जी को कि इनका जो कार्यशैली है काम करने का इससे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती मिलती रहेगी जो भी हमारे पुराने नेता नए ने नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं इनकी कार्यशैली और दल से अलग है विभिन्न है एक जैसे नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लोग प्रदेश के लोग अपना आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात सोचती है विकास का काम करती है हमारे जनपद जौनपुर में राज्य मंत्री के रूप में गिरीश चंद्र यादव जी यहाँ विधायक हुए थे 2017 दो में दोबारा फिर विधायक हुए हैं आज बड़े ही विश्वास और बड़े ही अच्छी सोच के साथ लोगों ने गिरीश जी का सदर विधानसभा में जिताने का काम किया है और लोग उम्मीद भी करते हैं कि माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे रहेंगे क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है बहुत स्वच्छ है बहुत अच्छी है आम जन के लिए हर गरीब के लिए हर लोग के लिए माननीय मंत्री जी योगी जी मोदी जी के सहयोग से अगर इनको सहयोग मिलता रहेगा तो सदर विधानसभा में सभी विधानसभा के लोगों का मान सम्मान बचाने का काम करेंगे और विकास का काम करेंगे और अभी जो सत्तर से बाईस तक की सरकार थी इसमें शमशान घाट बनवाने का काम किए जौनपुर से लेकर के प्यारेपुर बारा दुरिया घाट किलकिछा तक शमशान घाट बनवाने किए और तीन पुल जौनपुर में दो पुल बना है एक फरीदाबाद में बन रहा है दूसरा रिवर बी के पास कचहरी के पास और तीसरा पीपा पुल अचला देवी घाट के सामने माननीय मंत्री जी सरकार की मदद से बनवाने का काम किए हैं हमारी सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बधाई के पास रहें यह जहां भी रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें क्योंकि यह सरकार बनाने में अपना विधायक बनाने में इनकी अच्छी भूमिका रही सबसे बड़ी बात उपलब्धि किया है कि अभी 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह रखे थे आम कार्यकर्ता के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था डीएम द्वारा हर कार्यकर्ता को पास मिल गया था सभी लोगों को लखनऊ बुला करके आमजन के सामने वह शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए थे और बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान से सबको खाना पानी कुर्सी बैठने का स्थान माननीय योगी जी मोदी जी व्यवस्था किए थे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई हम लोग बहुत से सरकार देखे मगर आम जन के सामने बुला करके कोई मुख्यमंत्री आज तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं किया था इसलिए मैं योगी जी और मोदी जी को बधाई का पात्र हैं इनको मैं बधाई देता हूं जौनपुर जनपद की तरफ से क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह हर साल अपना दिवस भारतीय जनता पार्टी का मनाते रहेंगे इसी के साथ यह जहां भी रहें दोनों लोग स्वस्थ रहें व्यस्त रहें रहे मस्त रहें